असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज इस प्रोडक्ट का मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर करना है वो है मेरे पास ग्रीन टी कंडिशनर ये ग्रीन टी कंडिश्नर है कंडिश्नर हमें बहुत सी जो है कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं पर इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो कि मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि ये किस लिए यूज़ किया जाता है कंडीशनर ना बेसिकली हम यूज़ करते हैं जिसके बाल बहुत ड्राई होते हैं रफनेस बहुत ज़्यादा होती है फ्रीजी हेयर्स होते हैं तो वो जो है इसको यूज़ करते हैं तो ये नरिशिंग कंडीशनर है इसमें विद इनकर्ज विद ग्रीन टी लीव योर हेयर फीलिंग सिल्स शाइनी एंड स्मूथ शाइनी हमारी और स्मूथ करता है शा, शा, शा, शा शा, हमारे हेयर्स को अगर मैं आपको इसका यूजेज बताऊँगा इसको यूज़ कैसे करते हैं तो इसको यूज़ कुछ इस तरह करते हैं आफ्टर शैंपू के बाद हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे हेयर पे अप्लाई करने के बाद थ्री से फोर मिनट्स के लिए इसको रख देती है मतलब कि बालों को बालों में लगा रहने देते हैं देन वॉश कर लेते हैं वाटर से पर इसका अवॉइड करते हैं हम कॉन्टेक्ट आई के साथ इसका कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए पर अगर आपको यूज़ करने के बाद इरिटेशन कॉज़ हो रही है तो आप इसको यूज़ ना करें और बच्चों के पोन से आपने इसको दूर रखना है जैसा कि हर किसी मेडिसन हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर लिखा होता है बच्चों को यूज़ नहीं करने देना ठीक हो क्या तो ये था हमारे इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी थी और इसकी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों ही बहुत अच्छी हैं आप यूज़ इसे करके देखें फ्रेगनेंस में मुझे बहुत ही इसकी अच्छी पसंद भी आई थी ये कुछ थिक एंड फॉर्म में होता है और हमारी हेयर्स को बहुत स्मूथ सिल्की शाइनी ग्लो प्रोवाइड करता है तो होप सो आपको इसका रिव्यू